I think the captain is the most important. I think uh, Dr. Amit Sharma maybe the judge. These days are the border all the time so that we can spend time with our family. and make sure our safety as our first priority ji sa holding the constitution of india it's a very very big thing nay crimes ho rahe hain such a difficult job na right? justice dina jaise like covid situation mein sab darre hue the everyone was locked up in the house but doctors and the entire medical fraternity was right there they were trying to save us i think uh, smedaji Maybe her. She's मे बीजान बाकी सबका तो मतलब मुझे पता न की ये डॉक्टर है जज है बट तो, ये मैम क्या करते हैं उनके uh, के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं है I'm, honestly, I don't really know what, you know who she is and what she does. मेरा नाम स्मिता पटेल है मैं एक स्कूल टीचर हूँ और ये तीनों मेरे स्टूडेंट्स हैं oh so नहीं, I mean, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली टीचर्स नहीं होंगी तो फिर कोई कुछ बन ही नहीं सकता इट इज अ वेरी सेल्फलेस जॉब इट्स प्रोफेशन और काइंड ऑफ़ शेपिंग द फ्यूचर फॉर द कंट्री यस yes. मुझे लगता है कि हर एक टीचर को उनका टाइटल मिलना चाहिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट